आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए नारियल के लाडू आप लोग ने देख ही रही है मैं कैसे बना रही हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए फैमिली में शेयर करने के लिए मत भूलिए और आप लोगों की एक लाइक से मेरी और दूसरी वीडियो ले आने के लिए, लिए हिम्मत जुटाती है और मैं आप लोगों को रोज़ एक नई नई रेसिपी की वीडियो दिखाऊंगी इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो अच्छी तरह देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ आइए अब दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने एक पैन लिया है पैन को मैं पहले से ही गरम करके रखा है और इसको इसमें अभी मैंने ड्राई फ्रूट डाल लिया है ये वाला ड्राई फ्रूट मैं नारियल के लद्दू में डालूंगी इसलिए मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिया है करने के बाद इसमें मैं ये देखिए मेरे नारियल की में देने वाला जो ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट हो गया है अच्छी तरह अभी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी उसके बाद इसको अच्छी तरह साफ करके इसी पैन में ही मैं नारियल दे दूँगी नारियल जो मैंने लिया है वो कच्चा नारियल लिया है आज है नारियल की पाउडर मैंने नहीं लिया है और वो मैं पहले से ही मिक्सी में गेंद करके रखा है एक बड़ा साइज़ का नारियल लिया है जिसमें से मेरे डेढ़ पाउच ऐसी नारियल निकल गई और इसमें से ही हम लोग लड्डू बनाएंगे मैं गैस की फ्लेम यहाँ पे बहुत ही लो रख रही हूँ आप लोगों को दिखाई दे रही दिखाया नहीं है मैंने क्योंकि अभी मैं मोबाइल स्टैंड में रख के ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और इस टाइम से एक बार खोलने के बाद फिटिंग करने में दिक्कत होती है आ, ये देखिए मैं अच्छी तरह यहाँ पे कैसे नारियल को <coughs> मिक्स करके और इसकी पानी जो है आ, निकाल रही हूँ मैंने और एक बात आप लोगों के लिए बोलने के लिए भूल गई यहाँ पे जो मैंने नारियल लिया है इसका रस बिल्कुल ही नहीं निकाला मैंने और रस मतलब ऐसे ही रहने दिया अगर मैं यहाँ से रस निकाल लूँगी तो इसका जो टेस्ट है वो चला जाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे रस नहीं निकाला है किसी किसी वीडियो में नारियल के लड्डू में रस निकलने के लिए बोलते हैं लेकिन आप लोग रस मत निकालिए नारियल के रस निकालने से जो मिल्क यहाँ से निकल जाते हैं इसका टेस्टी और जो ये मीठा है ओरिजिनल वो सला जाएगा इसीलिए मैंने नहीं निकाला है और इसका जो आदर्श पानी होते हैं वो निकाल रही हूँ मैं और वो इसी में मैं दूध भी डालूँगी आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे तो पता चल जाएगा दूध देने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और इस... इसको मैं यहाँ पर तो अच्छी तरह सुखा लूँगी और सूखने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ नारियल मैंने बीच में से आप लोगों को शायद दिखाया था वो वाला नारियल मैं यहाँ पे डाल दूँगी और वो जो नारियल था मैं पहले से ही उसको अच्छी तरह रोस्ट कर लिया था और इसमें मिला दूँगी क्योंकि वो मेरे बचा हुआ कल का नारियल था कल मैंने जो रेसिपी बनाया था उसी रेसिपी में मैं वो ही नारियल डाल रही थी ये सेम नारियल है उसमें से ही मैंने यहाँ जो मिल्क होते हैं नारियल के वो निकाला नहीं है अभी आप लोग देख ही रही है मैंने कैसे किया है अभी फूलने शुरू हो गए हैं नारियल मतलब ये जब आदर्श पानी होते हैं वो निकलने के बाद नारियल बिल्कुल खिली खिली वाला फुला फुला हुआ हो जाते हैं देखिए मैंने कैसे थपथपा थफ के इसमें ऊपर नहीं कर रही हूँ ऐसे करने से अच्छी तरह आपका पानी निकल जाता है यह सब कर कीजिए आप लोग सावधानी से किए कीजिए नहीं तो आप लोगों का नारियल गिर जाएगा और सावधानी से नहीं करने से इसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है अभी देखिए कितनी अच्छी तरह मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे करी हूँ नारियल के जो खिली खिली हो होने के लिए और ऐसे करने से अच्छी तरह खिली खिली हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीनी डालूँगा सीनी जो है मैंने नारियल यहाँ पे एक ही नारियल लिया है एक ही नारियल में मैं एक पाँव से नहीं दूँगी नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा होने से भी खाने के लिए अच्छा नहीं लगते है और बहुत ज़्यादा कम होने से भी नारियल की जो लड्डू की मिठास से वो सला जाता है वैसे तो यहाँ पे रोज करके वो अछली वाला मीठा जो होते हैं नारियल के वो पहले से ही निकल चुकी है और रस निकलने से और ही ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा खाने में इसीलिए मैं रस नहीं निकाला है न रस जब आप लोग नहीं निकलते हैं तो ऐसी खुली वाली जो पैन होते हैं उसी में आप लोग ये कर सकते हैं देखिए ये मेरे थोड़ी बहुत हो गई है अब थोड़ा सा और पकेंगे अभी देखिए मैं थोड़ी सी और नारियल था बचा हुआ मैंने पहले से इस, इसी नारियल में मैंने पिठा बनाया था तो उसकी बचा हुआ नारियल था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है अभी इसके बाद हम यहाँ पे चनी डालेंगे क्योंकि ये नारियल अच्छी तरह भग चुकी है खुशबू आने लगे है देखिए मैंने एक पाव लिया है ये देखिए और आधा पाव जैसा यहाँ पे मिला देंगे हम टोटल तो डेढ़ पाव लिया है एक नारियल के लिए आप लोगों को पिसा हुआ एक कप मतलब एक पाव वाला मेजरमेंट जो होता है ना वो एक कप देना सही है चीनी और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए मैंने डेढ़ कप दिया है क्योंकि थोड़ा सा जो कार नारियल था बचा हुआ वो दे के थोड़ी सी बढ़ गई है एक नारियल के हिसाब से इसलिए फिर मैंने आधा कप दिया है सीनी एक पाउंड एक नारियल के लिए एक पाउंड देना है मतलब हिसाब ऐसी है जैसे नारियल आपका बड़ा हो गई तो बड़ा नारियल के लिए आप लोगों को डेढ़ पाँव या एक पाँव देना सही है चनी अगर आपका नारियल छोटा है तो उसमें आधा पाँव या आधा पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा देना सही है अगर आप ज़्यादा या कम ऐसी समय आपका गड़बड़ी हो तो नारियल की जो आपका बुना हुआ है। ये बुना हुआ होते हैं उसका मेज़रमेंट का आइडिया लगा के आप लोग यहाँ पे सीनी डाल सकते हैं नारियल के लाडू बनाने के लिए इतना परेशानी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का मेज़रमेंट की खुद की आइडिया करने से बहुत अच्छी तरह नारियल के लड्डू बन सकते हैं मैंने जो लड्डू बनाया था बहुत ही टाइट है बहुत अच्छा है मैंने तोड़ के नहीं दिखाया क्योंकि बनाने के बाद तोड़ के दिखाने के लिए बहुत अच्छा नहीं लगता है मन ख़राब हो जाता है इसी मैंने तोड़ के नहीं देखा एक लड्डू बाइंडिंग करने के टाइम में बहुत मेहनत करना पड़ता है इसीलिए मैंने तोड़ के नहीं दिखाया है मैंने मेरे नारियल के लाडू जो बनाते समय मेरे हाथ की मुट्ठी में ही आप लोगों का पता चल जाएगा ये नारियल कितनी टाइट नारियल लाडू बन रही है और सनी का हिसाब मैंने बताया है जो बड़ा वाला नारियल होते हैं जैसे आपका नारियल का कच्चा नारियल वाला आधा किलो के हिसाब से अगर आप लोगों को डेढ़ पाँ सीनी डालना है आधा किलो में डेढ़ पाँव सीनी डालना है और एक पाव में एक पाँव ही सीनी डालिए तभी आपका नारियल के लड्डू अच्छा होगा देखिए पूरा सीनी बिगड़ गई है यहाँ पे मैंने वीडियो लंबी हुआ है इसीलिए मैंने थोड़े सी बीच में काट दिया है लंबी होने के कारण कितना अच्छा हो रही है आप लो, आप लो देख लीजिए आप लोग आप लोगों का देखकर पता ही चल रही है ये बाइंडिंग करने की टाइम आ गई है इसको मैं बीस बीस में हाथ में में सूखे आप लोगों को दिखा रही हूँ और जब इसका बाइंडिंग करने का टाइम होगा तो मैं तुरंत ही कैसा हुआ मैंने दो चम्मच जैसी दूध डाल दिया है यहाँ पे आप लोगों ने शायद दिखाया है दूध इसीलिए डाला है इसकी टेस्ट मतलब थोड़ी सी और बढ़ जाएगा इसीलिए मैंने यहाँ पर दूध डाला है देखिए लाडू बनने बाइंडिंग करने के टाइम पे, जब आप पकाते हैं उसी टाइम पे आप लोगों को पता चल जाता है क्योंकि हिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे और मिक्स करने में क्योंकि ये वेट जैसी हो जाती है सीनी बिगल के और उसके बाद ये जो सपकते हैं ना आठा आठा जैसा हो जाते हैं गम जैसा हो जाते हैं उसी हिसाब से आप लोगों को पता चल जाते हैं अगर आप लोग ऐसे पता नहीं चला सकते तो हाथ में थोड़ी सी ठंडा करके बाइंडिंग करके देख के उसके बाद आप लोग कितना पकाना है मेजरमेंट करके पकाइए अगर आप लोग थोड़ी सी ठंडा करने के बाद अच्छी तरह बाइंडिंग हो रही है तो उस समय आप लोग गैस ऑफ कर दीजिए अगर ठंडा करने के बाद भी अच्छी तरह बाइंडिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा सा और बुन लीजिए देखिए मैं दिखा रही हूँ अभी भी नहीं हो रही है मेरी और थोड़ा बुन ले बुनेंगे तो हो जाएगा टोटल वीडियो मेरे यहाँ पे फोटी मिनट्स की है आप लोगों को मैंने बोल लिया है और ये वीडियो बोल मतलब जो वीडियो बना रही हूँ सौलह मिनट सोलह सेकंड बन रही है मैंने गैस ऑफ कर दिया है मैंने बाइंडिंग के टाइम आ गई है तो ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह पहने किया है और कितना अच्छी तरह गोल हो रही है मलिन और मची कितना मखमली जैसा हो रही है अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करने के लिए मत भूलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन में जाकर बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच